हे hey गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निस्ट में तो रेडमी ने 9000 की रेंज में एक अच्छा मॉडल निकाला है पहले से बता देते हैं ये वीडियो में पहले स्पेसिफिकेशन पढ़ लीजिए इसमें जो है मीडिया का G85 है 5000 हज़ार एम है 10 वॉट का चार्जर है 50 मेगापिक्सल का ए आई ड्यूल कैमरा है पाँच मेगा की सेल्फी है और एच डिस्प्ले है और पाँच तक आप वर्चुअल रैम बढ़ा सकते वन ट्वेंटी हर्ट्स की टच सैम्पलिंग रेट है और एक टीवी तक आप स्टोरेज जो है बढ़ा सकते हैं ब्लू कलर की जो है हम अनबॉक्सिंग करेंगे और फ़ोन आपके सामने है फ़ोन जो है काफ़ी ठीक ठाक सा है और इस पर बैक केस नहीं दिया गया तो ये चीज़ का मलाल जो है हमेशा से रहता है और यहाँ पे आपको जो है एक सी टाइप नहीं वी डाटा केबल है तो ये भी चीज़ रहती है और 10 वॉट का चार्जर है कम से कम 18 वॉट का चार्जर Redmi से रहती हैं क्योंकि आपने आपने बैक केस नहीं दिया आपने स्क्रीन गार्ड नहीं दिया टूल आप देख सकते हैं और हाँ जिनको सार वैल्यू ज्यादा जरूरी है इंडिया के लिए 1.6 पॉइंट वाट पर केजी लिमिट है हेड के लिए जीरो वाट पर के है बॉडी के लिए सेवन वाट पर के फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया पीछे की तरफ जो है पचास मेगा पिक्सल की बात करेंगे दूसरे कैमरे की बात भी नहीं करेंगे और ए लिखा जाता है हर पर और फ्लैश दी गई है डिज़ाइन जो है मुझे अच्छा लगा कि इसमें जो है फिंगरप्रिंट जल्दी मैग्नेट नहीं होंगे और ऊपर की तरफ जो है आपको 3.5 पॉइंट फाइव चेक मिलता है कोई आईआर प्लास्टर नहीं इस तरफ वॉल्यूम डाउन बटन मेन पावर बटन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है यानी दो सम लगा के आप मेमरी कार्ड इसमें डाल सकते हैं नीचे की तरफ जो है आपको सिंगल स्पीकर वाइनिंग मिलती है और वी चार्जर और माइक फोन दिखने में अच्छा है और बुरा नहीं लगता फ़ोन के डिस्प्ले चाहे कह लीजिए और ये चीज़ें मैं हमेशा से बताता हूँ कि रेडमी का फ़ोन जब भी सेटअप करें तो ये सारी चीज़ें ऑफ कर दें ताकि अगर आप ख़ुद यूज़ कर रहे हैं या घर पे किसी को दे रहे हैं तो फालतू की एड्स चाइनीज़ एड आपको ना आए फिर भी ब्रॉडवेयर फ़ोन में हैं पर उसे जो हैं आप अन कर सकते हैं मुझे फ़ोन में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें गूगल डायलर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अगले बंदे को बताए बिना डिस्प्ले में मैं क्या क्योंकि कि G85 फाइव के जी भी 90 हर्ट्स सपोर्ट करता है इसमें एमोलेट नहीं है रेट के हिसाब से जस्टिफाई भी नहीं करता पर आप जो है एमोलेट स्क्रीन के अलावा 90 हर्ट्स दे सकते थे पर नहीं वो नहीं मिलता चार बी की रैम है ऑल स्पेसिफिकेशन में यही लिखा है कि चार जी की रैम है ऑक्टा कोर का मैक्स टू पॉइंट प्रोसेसर है जी जो कि रेट के हिसाब से अच्छा है डिस्प्ले मुझे ठीक लगी रेंज के हिसाब से बहुत बेहतरीन है और आपको यहाँ पर दे सकते हैं आपको 720 की डिस्प्ले मिलती है यानी एच 500 पाँच हैं तो ठीक ठाक सी ब्राइटनेस मिल रही है पर इसमें जो है कोई प्रोडक्शन नहीं है चलिए फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है तो उससे कोई उम्मीद आप ना ही रखें फ्रंट कैमरा है बस यही चीज़ बड़ी है और मुझे वीडियोस और फोटोज़ में फ्रंट कैमरा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा वीडियो मोड में जो है आप फ्रंट की तरफ से फुल एच डी थर्टी तक रिकॉर्ड कर सकते हैं पर कलेरिटी ठीक है रेट के हिसाब से ठीक है और हाँ ये अगर आप किसी कार्ड वगैरह पे लेंगे तो 9000 से पचासी 85 यानी 8500 का आपको मिल जाएगा बैक कैमरा में आपको जो है 50 मेगापिक्सल मिल रहा है और मैंने चाय मंगवाई थी शॉप पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मैंने उसी की जो है एक तस्वीर खींच ली आपके सामने 50 मेगापिक्सल अच्छी लाइटनिंग में सन थी तो शॉप में आ रही तो वहाँ पे ये अच्छी तरह से काम कर रहा था उसमें कोई दो राय नहीं है जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है देखिए स्पेसिफिकेशन लिख देना अलग चीज़ होती है मेरा हमेशा से मानना ये है कि स्पेसिफिकेशन पे मत जाएं। उसकी क्वालिटी क्या है वो देखें निगित तो हम अपने स्पेसिफिकेशन पढ़ने हैं तो वो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं तो वीडियो को देखेंगे यहाँ पर कोई स्लो मोशन की ऑप्शन नहीं दी गई यहाँ पर जो है नाइट मोड है और पोर्ट्रेट मोड आपको मिलता है बैक कैमरा जस्टिफाइड है रेट के हिसाब से पर थोड़ा सा और स्ट्रेच करके आपको और ऑप्शंस मिल सकती हैं जो इससे बेटर ऑप्शन आपको कैमरा में दे देंगे ठीक है और अभी हम बैक चले जाते हैं यहाँ से ये देखिए लीजिए फोन जो है काफी ठीक है रेंज के हिसाब से और आप ले सकते हैं या किसी घर वालों को बुजुर्गों को देना है तो आप दे सकते हैं तो चलिए इस तरह के और सच्चे रिव्यूज के लिए अनबॉक्सिंग के लिए आपके अपने चैनल टेक्नो शिवाज श्रमों को सब्सक्राइब करें